नमस्कार दोस्तों मैं भाविक सावलिया और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक चार्जेस दोस्तों हम सभी लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं लेकिन अक्सर ज्यादातर तो लोग ये नहीं जानते कि बैंक हमारे खाते में से कई तरह की चार्जेस काटता है अधिकतर बैंकों की वेबसाइट पर इन चार्जिसों के बारे में बताया गया होता है लेकिन ज्यादातर तो लोग इस तरफ गौर ही नहीं करते बैंक हमारे खाते में से सारे चार्जेस ऑटोमेटिक काट लेता है हमें अपने काटे हुए चार्जिसों के बारे में पता तब चलता है जब हम अपने बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक हमारे खाते में से किस किस प्रकार के चार्जेस काटता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शायद आपको इनमें से कहीं चार्जेसों के बारे में पता ही ना हो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करें तो वह है मिनिमम बैलेंस आजकल सभी बैंक हमें अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखने को कहती है और ये मिनिमम बैलेंस हर बैंक और बैंक अकाउंट में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार अलग अलग होता है अगर आपके खाते में पैसा मिनिमम अमाउंट से कम है तो बैंक आपके पर पेनल्टी लगाएगी ये पेनल्टी आपके खाते में से ऑटोमेटिक कट जाएगी दूसरा है स्टॉप पेमेंट अगर आपने कोई चेक इश्यू किया है और आप उस चेक का पेमेंट स्टॉप करवाते हैं तो बैंक आपके खाते में से कुछ ना कुछ तो चार्जेस काटेगी ही इसके बाद है डेबिट कार्ड फ़ी डेबिट कार्ड फी 100 से लेके 500 के बीच में होती है ये हर बैंक और अपने डेबिट कार्ड में दी जाने वाली लिमिट के अनुसार अलग अलग होती है इसके बाद पॉइंट आता है ईमेल और एस अलर्ट चार्जिस बैंक आपको ट्रांजेक्शन का जो मैसेज या मेल भेजता है उसका भी चार्जेस लगता है उसका चार्जेस हर महीने या सालाना बैंक काट लेता है अब अगला चार्जेस आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में जब हम अपने बिल का पेमेंट कोई फिक्स्ड डेट को अपने खाते में से ऑटोमेटिक तरीके से कटवाते हैं तो बैंक उसका भी चार्जिस हमारे खाते में से ऑटोमेटिक काट लेती है अगर बिल पे करने की डेट पर हमारे खाते में पेमेंट ना होने पर बैंक आपके खाते में से पेनल्टी भी वसूल करती है इसके बाद हम बात करें तो वो है बैंक कैश डिपॉजिट और विड्रोअल लिमिट बैंक हर महीने आपको कैश डिपॉजिट और विड्रोअल करने की एक लिमिट देता है ये आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रोअल बैंक ने दी गई लिमिट से ज़्यादा का करते हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस काटता है इसके बाद है स्टेटमेंट चार्जेस। ज़्यादातर बैंक एक बार फ्री में स्टेटमेंट देती है अगर आप दूसरी बार वही स्टेटमेंट निकलवाने जाते हैं तो आपसे पैसा चार्ज करती है और कहीं बैंक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही स्टेटमेंट देती है यानी कि आप ईमेल के जरिए भी स्टेटमेंट मंगवाते हैं फिर भी आपसे पैसा चार्ज करेगी इसके बाद है पासवर्ड बदलने का चार्जेस अगर आप नेट बैंकिंग या एटीएम का पिन भूल जाते हैं और बैंक आपको वो पासवर्ड रिसट करके नया पासवर्ड देता है तो उसके लिए भी आपको बैंक को चार्जेस देना पड़ेगा इसके बाद है एटीएम टी चार्जेस ज़्यादातर बैंक महीने में तीन बार एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं करता अगर आप ए से तीन बार से ज़्यादा बार पैसा निकालते हैं तो बैंक विड्रोअल के हिसाब से आपके खाते में से चार्जेस काट लेगा हालांकि खास खातों के एटीएम में ये चार्जेस नहीं लगाए जाते इसके अलावा चेकबुक इश्यू और चेक बाउंस के चार्जेस भी आपके अकाउंट से कटते हैं अगर आपके खाते से कोई लोन का ईएमआई जा रहा है और वो ईएमआई आप बाउंस करते हैं तो लोन अकाउंट में लगने वाली पेनल्टी के साथ साथ जिस खाते में से आपका ई कट रहा है उसी अकाउंट में भी आपको पेनल्टी लगेगी मतलब कि आपका लोन पीएनबी में चल रहा है और आपका ईएमआई एम के अकाउंट में से जा रहा है अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो दोनों अकाउंट में से आपको चार्जेस लगते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके थैंक यू